I've <laughs> been. ये तन भीतर राम श्याम है ये तन भीतर राम श्याम है अरे ये तन भीतर राम श्याम है ये तन भीतर राम श्याम है अरे हर येनर मथुरा काशी येुरा काशी हर येुरा काशी काशी अरे ये तन भीतर मथुरा काशी ये तन भीतर मथुरा I'm not a saint. ये तन भीतर सात समुंदर ये तन भीतर सात समुंदर अरे स